छिंदवाड़ा में एंटी अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए साजिद खान के अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है साजिद खान एक कबाड़ी का व्यवसाय करता है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में माफियाओं और गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है इसी के तहत दमुआ में कबाड़ी व्यवसायी साजिद खान के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है और बुल्डोजर चलाकर लाखों की कीमत की जमीन को मुक्त करवाया एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया की भूमाफिया साजिद के विरुद्ध एक दर्जन से ज्यादा अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप रहा है कार्रवाई के दौरान एसडीएम सहित पूरा प्रशासनिक हमला मौजूद रहा है संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी ऐसी मेलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक